वेलकम टू माई YouTube चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ अब देखो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर लिए ये कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड चैप्टर वन स्टार्ट कर रखा है नंबर सिस्टम क्लास नाइन्थ का ओके एनसीआरटी बुक्स का है देखो इसमें क्या बोला गया है इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपोन क्यू जो ये एक्सप्रेस क्या करना है इस नंबर को किस फॉर्म में आपने करना है p अपोन क्यू की फॉर्म में वेयर पी एंड क्यू आर एंटीजर्स और पी और क्यू क्या होने चाहिए एंटीजर्स और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये कंडीशन दे रखी है पी और क्यू क्या होना चाहिए आपके पास एंटीजर्स माइनस वन अपन टू भी आ सकता है एंटीजर्स की यही कंडीशन होती है ना उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत इंक्लूड होते हैं और क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा समझे देखो इसी का यही कंसेप्ट है अब इसको सोल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ से आप जैसे मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा आपको बस आपको उसी को फॉलो करना है और जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के उसी मेथड से सोल्व कर देना आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको आप दे, देखो 0.6 पॉइंट बार है जो गिवन है ना स्टेटमेंट 0.6 पॉइंट बार सबसे पहले इसको एक्स ले लेना आपने लिया सपोज किया x x इज इक्वल टू जीरो सिक्स सिक्स सिक्स अप टू डैश डैश डैश ये इक्वेशन फर्स्ट हुई है आपकी मतलब इस बार का क्या मतलब है मतलब होता है जो ये नंबर है ना सिक्स बार का मतलब ये होता है वो ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार ठीक है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है बार को ओपन करना हो ऐसे अगर ये दे रखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं पहला स्टेप क्या है इसको सोल्व करने का इसको ओपन कर दो कर दिया हमने सेकंडली, अब क्या करना है अब दोबारा चेक क्या करना है आपने रूल सुनो जो जो मैं बता रहा हूँ चेक करना है ये बार कितने के ऊपर है कितनी डिजिट के ऊपर है एक डिजिट के ऊपर मतलब ये सिक्स के ऊपर है ना जो बार है अगर एक के ऊपर है तो दस से मल्टीप्लाई करना आपने किस से Ten से अगर यही होता आपके पास अगर जैसे ये है 0.6 बार है तो आपने मल्टीप्लाई किससे करना है आपने मल्टीप्लाई 10 से करना है अगर जीरो पॉइंट बार होता मान के चलो तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं आप मतलब टू डिजिट के ऊपर है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते ऐसे जीरो पॉइंट सिक्स बार होता मान के चलो तीन डिजिट के ऊपर कहने का मतलब है ये डिजिट्स होती है इनके ऊपर तीन के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे थाउजेंड से सेप्ट आया समझ जिसको ये समझ आया बस इसी के हाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे तो अब इसमें कितने के ऊपर बार है? एक के ऊपर तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बोथ साइड मल्टीप्लाई किससे करना आपने टेन से कोमा वी गेट समझे कोमा वी गेट बस ये कंसेप्ट याद रखना जो अभी बताया आपको एक से दो से और तीन से मल्टीप्लाई कब करना है एक डिजिट हुई तो टेन से करना है एक के ऊपर बार हुआ तो टेन से दो के ऊपर बार होता तो हंड्रेड से तीन के ऊपर होता तो थाउजेंड से चार के ऊपर होता तो टेन थाउजेंड से ये कंसेप्ट है अब मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी लेफ्ट साइड ये है आपकी इसको भी टेन से करो टेन इन ये इक्वल है ये अब इसमें बताओ जीरो अगर इसको आप टेन से कर रहे हो टेन इंटू जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स सिक्स अब टेन को टेन इंटू एक्स टेन को अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ये ये कंसेप्ट और देखो अगर यहाँ पर 10 है तो ये पॉइंट एक के आगे शिफ्ट हो जाएगा इसके आगे डिजिट के आगे अगर यहाँ 100 होता तो दो के बाद यहाँ लगा देते पॉइंट अगर यहाँ 1000 होता तो तीन डिजिट के बाद लगाते हैं तो यहाँ पर के 10 है तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा सिक्स के बाद तो सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स आपकी डैश डैश ये वाली होगी आपकी इक्वेशन सेकेंड ऊपर वाली कौन सी थी फर्स्ट इक्वेशन ये इक्वेशन होगी आपकी सेकेंड अब नेक्स्ट क्या रूल है सब करना आपने सब ट्रैक्ट किस में से सब्रैक्ट करो इक्वेशन सेकंड को किसमें से फर्स्ट में से ठीक है या सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड सब्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड मतलब सेकंड इक्वेशन से सब करना है कोमा वी गेट हमें क्या मिलता है हमें क्या प्राप्त होता है तो अब ये सेकंड इक्वेशन आपकी मतलब ये है ना इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो किस में से सेकंड में से तो ये सेकंड इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी ठीक है तो 10x एक्स माइनस x टेन माइनस एक्स कितना होएगा इज इक्वल टू ठीक है ये इक्वल अब जो सेकंड इक्वेशन ये पूरी है 6.666 अप टू डैश डैश माइनस ये वाली फर्स्ट ये वाली आपकी ठीक है इतनी माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स अप टू डैश डैश आ रहे इतना समझ इसी कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे टेन एक्स माइनस एक्स कितना होएगा नाइन एक्स दस में से ये वन एक्स हो जाता है तो नाइन एक्स इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स सिक्स ये माइनस करके देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको सिक्स अप टू डैश डैश डैश में से जीरो पॉइंट ये माइनस करना है आपने ठीक है जी ये जीरो जीरो जीरो जीरो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो सिक्स तो सिक्स बचा है आपके पास सिक्स यहां पर आएगा एक्स को यहां रहने दो तो सिक्स डिवाइड बाई जो ये क्या होता है नाइन नीचे चले जाएगा कितने से डिवाइड होगा आपका थ्री के टेबल थ्री टू जी सिक्स थ्री थ्री जो नाइन तो टू अपॉइंट थ्री आ गया आपका, 3, 6, 3, 3 तो आपका आंसर समझे जो एक्स की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई पी अपोन की यही क्वेश्चन में पूछ रखा था इसको एक्सप्रेस करो इसको किसकी फॉर्म में पी अपोन की फॉर्म में तो इसमें P कितना है आपका 2 है और Q कितना है 3 है यही कंसेप्ट आपने सारे क्वेश्चंस पे लगाना है ठीक है जी नोट करो फिर हम इसका पार्ट सेकंड कर रहे हैं इसी का नोट करो शाबाश